हेलो दोस्तों मैं हूं अल्तमश और आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में नैरेटर कमांड के बारे में नैरेटर कमांड होता है नैरेटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक एडवांस कमांड है जिनका यूज ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो नेत्रहीन है जिनको दिखाई नहीं देता है ऐसे लोग जब सिस्टम यूज करते हैं तो उसके लिए जो है नरेटर फंक्शन का यूज किया जाता है जब नरेटर ऑन करते हैं हम अपने सिस्टम पे या बाई डिफॉल्ट कभी कभी ऑन हो जाता है मेरे साथ एक कोई हुआ ये नरेटर ऑन हो गया इसमें एक महाराज है पीछे से आज मुझे किए गए काम बताने लगे कि क्या करना है क्या कैसे करना है आप जनरल पे हैं या क्या है अभी आप आपको शायद वॉयस नहीं जा रही होगी मैं सुन चीज मुझे बताने लगे फिर मैंने चेक किया तो नरेटर ऑन था उसको फिर मैंने ऑफ किया वो महाराज जो है वो विंडो असिस्टेंट है कि नेत्रहीन लोगों के लिए या ऐसे लोग जो थोड़ा धुंधला देख पाते हैं ऐसे लोगों के लिए वो रीड करके बताता है बेसिकली कि आपने क्या सिलेक्ट किया है क्या सिलेक्ट करना है आपने कौन सा की बोर्ड किया है वो किसे कभी ऑन हो जाता है बाई मिस्टेक तो आप इसे ऑफ कैसे करें तो इसका तरीका जो है सबसे पहले ये नायरेटर कमांड का ये विंडो है जैसे विंडो बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, आप या तो इस एरो पे जाके जो है नायरेटर यहाँ से आप सर्च ढूंढ सकते हैं की नैरेटर कहाँ पे है इन कमांड पे जब हम जाते हैं ते हैं और एरो पे क्लिक करते हैं तो यहां नरेटर आप एक ये विंडो आ जाती है यहां की नैरेटर सेटिंग नैरेटर को सेट करने की विंडो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नरेटर की तो आप यहां से इसे सेट कर सकते हैं जनरल में जाके देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड है सेटिंग उसको बदल से वॉइस कम ज्यादा कर सकते हैं हाई कर सकते है बट अभी फिलहाल जो है मेरा नैरेटर ऑन है तो इसे हमें ऑफ करना है और इसके लिए हम अपने की पे गैप्स लॉक और स्केब एक साथ जब ट्रेस करेंगे तो आपका ये नैरेटर कमांड ऑफ हो जाएगा फिलहाल मेरा नरेटर कमांड ऑन है तो मैं इसे गैप्स और स्केब के साथ ऑफ कर रहा हूँ जैसे हमने ऑफ किया नायरेटर कमांड मेरा ऑफ हो चुका है कमांड से प्रॉब्लम आती है कि जब हम किसी चीज पे एक्सल पे हो या वर्ड पे हो किसी चीज पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो टाइप तो ये इससे भी आपको पता चल जाता है कि कमांड है कि और या तो फिर आप कभी कभी देखेंगे कि नैरेटर कमांड जब ऑन हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट की विंडो जो है ये बार बार आपके स्क्रीन पे आती रहती है आप इसको इस तरह से बंद कर दोगे फिर वो आ जाएगा इस वजह से जो है नैरेटर कमांड ऑन होने की पहचान होती है विंडो असिस्टेंट साहब जो है वो आपको हर चीज बताएंगे की आपने क्या लेक्ट किया है क्या सिलेक्ट नहीं किया है तो आप समझ जाना कि नैरेटर ऑन हो गया है मेरा और इसे ऑफ करने का तरीका जो है आप कैप्स प्लस अगर प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा ये विंडो 8.1 के लिए है और बाकी जो विंडोज़ का जो है मैं आपको शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अगर आप विंडो 8.1 के अलावा कोई और विंडो यूज कर रहे हैं और आपका नरेटर ऑन हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन ऐसी जाके वो शॉर्टकट निकाल के नायरेटर को ऑफ कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद आया होगा अगर वीडियो हेल्पफुल हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक करें डिपे क्लिक करें आईंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग